दोस्तों मैं एक ऐसी ऐप बताने जा रहा हूं जिससे आप अपना इजली रिजल्ट देख सकते हैं जैसे कि अभी हमारा यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया हुआ है आप उसे देखने के लिए अगर चाहते हैं तो हमारे पास एक ऐसी ऐप है जिससे आप अपने इजली अपना रिजल्ट अपने मोबाइल पे देख सकते हैं तो उस एप का नाम है फास्ट रिजल्ट मैं उसे बता देता हूँ कैसे आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पे तो आप पहले अपने मोबाइल पे कोई भी एक प्ले स्टोर ओपन करो प्ले स्टोर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन किया अब इसमें प्ले स्टोर में आप टाइप करो फास्ट रिजल्ट के नाम से जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया फ़ास रिजल्ट जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया फर्स्ट रिजल्ट उसके बाद ही फर्स्ट पे दिख रहा है टेंथ ट्वेल्थ बोर्ड रिजल्ट ऑल बोर्ड रिजल्ट इस पर मैं क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो रहा है और अगर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ अगर आपने नह, आपने नहीं किया है तो आप अगर इससे सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस्टॉल का ऑप्शन आएगा आप इस्टॉल पर क्लिक करें और इंस्टॉल करने के बाद सेम इंटरफेस ऐसे दिखेगा उसके बाद आप ओपन करें ओपन करने के बाद यहां पे आपको वेलकम के नाम से सारे बोर्ड के नाम आ जाएंगे और जिस बोर्ड का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप सर्च बॉक्स में आप उस बोर्ड का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि बिहार बोर्ड उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल तमिलनाडु किस बोर्ड का रिजल्ट देखना है अब जैसे मुझे यूपी बोर्ड का देखना है तो मैं यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूँगा आप उत्तर प्रदेश पे बोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं दो ऑप्शन आया चूज क्लास क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा क्लास टेंथ या ट्वेल्थ पे मुझे एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें मैं अपनी डिटेल्स फिल करूँगा जैसे कि मैंने इसमें क्लास टेंथ पे क्लिक किया क्लास टेंथ पे क्लिक करने के बाद अभी ये एप साइनअप नहीं साइनअप uh, मांग रहा है अगर आप साइनअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली अपने गूगल प्लस से साइनअप कर सकते हैं अपने मेल आईडी डी से साइनअप कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं साइनअप करना तो यहाँ पे एक स्किप की बटन है उसे आप इस्किप करते हैं इस्किप करने के बाद आपको ऐसा इंटर आएगा जिसमें आप देख रहे हैं न्यू अनाउंसमेंट कोई भी एक नई सूचना या कोई भी नया एक इंफॉर्मेशन आती है आपके जैसे एडमिट कार्ड या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि बोर्ड रिजल्ट या एग्ज़ाम डेट कुछ भी एनीथिंग आपके एजुकेशन से क्लास टेंथ ट्वेल्थ के सारे अवेलेबल होंगे इसमें नोटिफिकेशन अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सक, देख रहे हैं कि योर रिजल्ट टेंथ रिजल्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी आप यू बोर्ड का रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं तो जैसे मैंने टेंथ रिजल्ट पे क्लिक किया उसके बाद ये ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ अब यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बोर्ड टेंथ रिजल्ट 2020 नॉट डिक्लेयर अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ जैसे डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पे डिक्लेयर का लिखा हुआ जाएगा और यहाँ पे एक बटन लगी है चेक रिजल्ट नाउ अभी रिजल्ट आपका नहीं आया है आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो अभी रिजल्ट आपका नहीं शो होगा क्योंकि अभी रिज़ल्ट जैसे आ जाएगा ये ये बटन एक्टिवेट कर दी जाएगी अभी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा मैं ये दिखा दे रहा हूँ उसमें एक सिंपल सा मैसेज शो होगा आप यहाँ पे क्लिक करें देखिए क्लिक करने के बाद दिस लिंक विल बी एक्टिव वेन द रिज़ल्ट डयर जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करेंगे हम आपको सारे सलूसन सारे प्रॉब्लम का जवाब देंगे थैंक यू फ्रेंड्स